श्री गोराजी महाराज का मंदिर बिम्नी, ये दर श्री कालाजी महाराज का स्थान है तो यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का स्थान है यह मंदिर का शिखर और पूर्ण रूप से मंदिर है ये धर्मशाला बनी हुई है इधर यहाँ पर दुदाखेड़ी मैया का स्थान है और इसके ज्येष्ठ पीछे ये एक और धर्मशाला है और आपकी ये बेच ये पंद्रह फीट जगह है इसमें इसमें लगेगी और ये नीचे ग्राउंड है कोई भी पार्टी वगैरह करता हो तो उसमें भोजन प्रसादी का आयोजन रहता है और उधर ये बड़ी पानी की टंकी भी बनी हुई है यहाँ पर यहाँ से सभी दूर पानी सप्लाई होता है जय श्री राधे